प्रिय दर्शकों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे इस वास्तु टिप्स के स्पेशल कार्यक्रम में हर किसी के घर में कुछ न कुछ वास्तु दोष जरूर रहता है और ये जो वास्तु दोष रहता है हम लोगों के मन में तमाम प्रकार की शंकाए भी पैदा करता है वास्तु दोष के प्रभाव को हम लोग कैसे कम करें और क्या ऐसे सरलतम उपाय है ऐसे सरलतम टिप्स हैं तो पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग अपने घर के उत्तर दिशा की ओर उत्तर दिशा चूंकि कुबेर जी की दिशा होती है धन की दिशा होती है तो तुलसी माता का पौधा जरूर लगाइए और कोशिश कीजिए कि की रामा और श्यामा ये दोनों तुलसी आप लोग घर लगा में लगाइए कुछ लोग कहते हैं कि रामा नहीं लगानी चाहिए श्यामा लगानी चाहिए कुछ लोग कहते हैं श्यामा लगाइए रामा तो ऐसा सर कुछ नहीं है आप लोग जो है उत्तर दिशा की ओर तुलसी माँ को जो है स्थापित करिए और प्रतिदिन यदि हो सके अब देखिए धन को आकर्षित कैसे करना है प्रतिदिन तुलसी जी के पौधे में गाय का जो देसी घी होता है अब बिल्कुल गमले पे आप लोग मत रख लीजिएगा नहीं तो पेड़ ही नहीं बढ़ेगा तुलसी जी के गमले के नीचे आप गाय के घी का दीपक चलाइए शाम के समय जब सूर्य डूब रहा हो तब और प्रतिदिन एक चुटकी हल्दी जल में डाल दीजिएगा और तुलसी मापक जरूर अर्पण करिए आपके भाग्य में कोई रुकावट आ रही होगी ये उपाय दूर करेगा धन संबंधी कोई प्रॉब्लम आएगी ये उपाय दूर करेगा नोट करते दूसरा घर तो आप लोगों का बन गया है लेकिन जब मानसिक शांति रहेगी तो घर में रहना भी अच्छा लगता है तो एक उपाय एक प्रयोग हम आप लोगों को बताने चाह रहे हैं कि आप लोगों के घर में मानसिक शांति बनी रहे और लक्ष्मी का स्थाई वास हो देखिये लक्ष्मी आए ठीक है लेकिन आगे तुरंत चली जाए तो वो नहीं ठीक है लक्ष्मी आए कुछ देर तक रुके तब तो समझ में भी आता है तो करना क्या रहेगा दर्शकों बुधवार वाले दिन ये आपको करना है हफ्ते में एक बार करना है हल्दी को गंगा जल में घोल लीजिएगा और पान के पत्ते से बुधवार वाले दिन ये आपको करना है किसी भी समय कर लीजिएगा समय का कोई जो है मतलब बंधन इसमें नहीं है और हल्दी लेकिन जो रहेगी ये पीसी हल्दी नहीं रहेगी ये हम आपको बता दें कैसे रहेगा एक्चुअली में है क्या आप लोग जो हल्दी लाते हैं इसमें कलर मिला देते हैं मिलावट रहती है तो जो गाठ वाली हल्दी होती है उसको आप लोग मिक्सी में पहले पीस लीजिए उस हल्दी का आप लोग प्रयोग करिएगा तो हल्दी को गंगा जल में घोल लीजिएगा अच्छे से लिक्विड बना लीजिएगा कम से कम पाँच छः चुटकी हल्दी इतनी हल्दी आप लोग घोल लीजिएगा और उसको अच्छे से गंगा में मिला के पान के पत्ते की सहायता से अपने घर में नॉर्थ ईस्ट ईशान कोर से प्रारंभ करिएगा और हर एक घर के कोने में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दीजिएगा छिड़काव करते समय आपको श्री मंत्र का मानसिक रूप से जाप करना रहेगा आप यकीन मानिए आपके घर में लक्ष्मी का स्थाई वास होगा अब चलिए एक उपाय आपको बताते हैं कि आपके घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा कैसे दूर हो हमारे तमाम दर्शकों के कमेंट आते हैं कि सर आप वास्तु पर कोई वीडियो नहीं बनाते हैं तो आज जो ये वीडियो हम बना रहे हैं और बहुत लोगों पर ये उपाय हम ऑलरेडी बता चुके हैं उसके बाद ये बना रहे हैं तो करना क्या रहेगा आपके अपने घर के मंदिर में घी का एक नियमित दीपक आपको जलाना रहेगा मतलब प्रतिदिन आपको जलाना रहेगा आप मॉर्निंग में भी जला सकते हैं पूजा के समय आप शाम को भी जला सकते हैं कोशिश करिए शाम को जलाइए तो बेहतर रहेगा तो नियमित रूप से अब अगर आप तुलसी के पौधे वाला भी उपाय कर ले रहे हैं तो देखिए ठीक है तो नियमित रूप से घी का एक दीपक जलाइए और वो जो दीपक रहेगा दर्शकों वो चौमुखी दीपक रहेगा और उस दीपक की एक खासियत ये रहेगी कि उसमें रुई का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे जो कलावा ये मौली होता है कलावा होता है इसका आप लोग प्रयोग करेंगे और घी का दीपक आप लोग जलाएंगे और कोशिश कीजिएगा कि संख की ध्वनि तीन बार सुबह और तीन बार शाम के समय यदि बजाते हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी एक्चुअली में संख की ध्वनि से जो हमारे वायुमंडल में वातावरण में जो बैक्टीरिया होते हैं ये किल हो जाते हैं इस शास्त्रों में भी कहा गया है और तमाम वैज्ञानिकों ने संख की ध्वनि पर प्रयोग भी किया शोध भी किया है और उन्होंने भी यही पाया है तो दर्शकों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं इनका आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा और आप लोग खुद लाभ देखिएगा सबसे पहले तो घर में सफाई हेतु तो जो आप लोग झाड़ू का प्रयोग करते हैं जो आप लोग वाइपर का प्रयोग करते हैं इनको पहली बात तो खड़ा ही नहीं रखना है मतलब कुछ लोग होते हैं झाड़ू खड़ी रख देते हैं झाड़ू तो को खड़ा बिल्कुल भी नहीं रखना है और झाड़ू को रास्ते में नहीं रखना है कई चीज़ों की दर्शकों सावधानी होती है इसका आप लोग प्रयोग यदि कर लेते हैं और ज़्यादा अधिक बात नहीं करें दो महीना प्रयोग करिए आपको खुद आटा दाल चावल का भाव पता चल जाएगा तो करना क्या रहेगा झाड़ू को सबसे पहले तो खड़ी होकर खड़ा झाड़ू नहीं रखना है ना वाइपर रखना है ना ही रास्ते में रखना है देखिए झाड़ू पर किसी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि ना पड़े एक प्रकार की लक्ष्मी होती है तो झाड़ू को छुपा करके रखिएगा और लेटा करके रखिएगा और रास्ते में इधर उधर मत रखिएगा झाड़ू पर पैर ना पड़े इसका आपको ध्यान देना रहेगा यदि आपके झाड़ू पर भी बार बार आपके पैर का स्पर्श होता है तो ये धन नाश करता है झाड़ू के ऊपर कोई वजनदार वस्तु भी आपको नहीं रखनी है इन सब चीजों को आप लोग बिल्कुल गाठ बांध दीजिए एक चीज और बता दे आप लोग अपने घर में जितने लाइट कलर का प्रयोग कर सकते हैं उसने लाइट कलर का प्रयोग करिए यदि एक चीज़ और बता दें वास्तु दोष के कारण आप लोग डिप्रेशन में रहते हैं आप लोगों को नींद नहीं आती अचानक से उठ जाते हैं स्वभाव में चिड़चिड़ापन है तो जिस व्यक्ति को यह है अगर वो घर का मुखिया हो तो कोशिश कीजिए कि दक्षिण दिशा की ओर वो करके सोए और जो उनका पैर रहेगा वो ऑटोमेटिक उत्तर की ओर तो रहेगा ही रहेगा तो दक्षिण डायरेक्शन में उनको सुलाइए आप लोग और अच्छी नींद आएगी हाँ सोने से पहले भ्रामी प्राणायाम अवश्य करवा दीजिएगा आप लोग अपने घर के ईशान कोर को साफ सुथरा खुला और कोई गंदगी किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए अपने घर के ईशान कोर की ओर एक पात्र रखिए बड़ा सा उसमें जल इकट्ठा करिए और सफेद पुष्प उस जल में डाल दीजिए प्रतिदिन ये क्रिया करिए फिर देखिए कि धन कैसे खिंचा आएगा तो ये प्रयोग दर्शकों आप लोग करिए देखिए मूर्ति घर में रखनी ही नहीं चाहिए रख लीजिए छोटी सी फोटो रख लीजिए और शक्ति का जो केंद्र रहता है इसको यदि आप एक बनाते हैं अर्थात हम लोग देखते हैं कि किसी के दो मंजिला घर बने हैं तो एक पूजा घर नीचे है एक पूजा घर ऊपर है तो देखिए दर्शकों शक्ति के दो केंद्र बिल्कुल भी घर में नहीं बनने चाहिए शक्ति का हमेशा एक केंद्र रहता है ईशान कोट की ओर आप लोग मंदिर बनाइए एक बात और बताएंगे देखिए तमाम हम आप लोगों को आज गागर में सागर समेटने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को और कमेंट करिए कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम बगल में बना जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप लोग ज़रूर दबाइए और बेल आइकन जरूर दबाइए आगे बढ़ते हैं दर्शकों घर के उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा ना इकट्ठा होने डस्टबिन वगैरह उस डायरेक्शन में आपको रखनी नहीं है किसी भी प्रकार की मशीन आपको नहीं रखनी है ये आप लोग जान जाइए अगली बात पर हम आपको दृष्टि डालते हैं आपके बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ने में या आपका मन नहीं लगता है जो है पढ़ने में आप लोगों का जो मुख है ना ये आप लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ यदि बैठ के पढ़ते हैं रखते हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो पश्चिम की ओर मुह करके आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी वंश की उन्नति के के के लिए मुख्य द्वार पर अशोक वृक्ष अपने घर के दोनों ओर यदि लगाते हैं तो आपका नाम आपका फेम ये बहुत आगे तक चलेगा देखिए मकान के उत्तर दिशा में स्टोर रूम यदि है तो उसको तत्काल हटा दे नहीं तो आप लोग हमेशा परेशान रहेंगे आप अपने इस स्टोर रूम को नैरित्र को की ओर स्थापित कर सकते हैं पश्चिम दिशा की ओर स्थापित कर सकते हैं साउथ डायरेक्शन की ओर स्थापित कर सकते हैं लेकिन प्लीज़ उत्तर में मत करिएगा तो दर्शकों ये वास्तु से संबंधित कुछ प्रयोग थे ये हमने आपको बताया कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए और दर्शकों अगर आप भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं आप भी यदि हमसे अपने प्लाट का मुआयना या जो है Uh, क्या कहते हैं वास्तु के अनुसार अपने आप अपने घर की रूपरेखा कैसे करें क्या किस दिशा में हो कैसा रहे तो आप लोग ऑफिस के नंबर पर हमारे संपर्क करिए हम स्वयं आपके यहाँ आकर के आपके जो है भूखंड का मुआयना करेंगे देखेंगे उसके बाद जो चीज़ होगी वो आपको बताएंगे कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइएगा और जो हमने प्रयोग किए बताए हैं ना दर्शकों इसको आप लोग एक बार कर देखिएगा आपको खुद पता चलेगा कि लाभ क्या होता है अंतिम चलते चलते अंतिम एक टिप्स दे देते हैं तमाम हमारे जो दर्शक लोग होते हैं ये लोग अपने सैन में क्या करते हैं बेड के जस्ट सामने क्या करते हैं बड़ी सी एलसीडी टीवी जो है लगा देते हैं नहीं लगाना चाहिए एलसीडी टीवी। बिल्कुल जब आप उठेंगे और सामने टी रहेगी दुनिया भर की जो है न्यूज़ वगैरह आप लोग जो है देखते हैं मन जो है अजीब सा हो जाता है ये वास्तु के हिसाब से सही नहीं है तो करना क्या रहेगा इस डायरेक्शन में आप लोग कोई हस्ती खेलती आप लोग सीनरी लगा सकते हैं लॉफिंग बुद्धा जो बिल्कुल हंस रहे हो, वो आप लोग लगा सकते हैं या आप अपने बच्चे की छोटे पर की यदि जो है बचपने की फ़ोटो हो आप लोग वो लगा सकते हैं तो ये सब करिए कोई अच्छी सी, सी सीनरी आप लोग लगा सकते हैं जिससे आपको ऊर्जा मिले तो ये प्रयोग करके देखिएगा और फिर बताइएगा बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपने वीडियो को देखा दीजिए इजाज़त मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार